में में है कि रहमान बिन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया रमजान सबसे आला वज़ीफा क्या है ने फरमाया मन जो भी कोई शख्स रमजान में एक एक एक-एक आयत की करेगा, अल्लाह ताला उसे हर एक हर्फ के बदले एक एक शहीद का सवाब फरमाएगा। समझ सकते हैं रमजान हमारे लिए कितनी रहमत और बख्शिश और कितनी अजमतों को लेकर के हमारे पास आया है मुबारक की बरकत से जहां पर हमें और दिनों में कुरान के एक हर्फ पर सिर्फ स्वाब क्या मिलता है दस नेकिया मिला करती है एक हर्फ पर दस नेकी और जब इसी कुरान को हम रमजान में पढ़ते हैं तो हर एक हर्फ पर एक शहीद का स्व दिया जाता है आप समझ सकते हैं कि शहीद कौन होता है शहीद वो है जो मैदान गर्दन कटा देता है अल्लाह के लिए तो गर्दन कटाने का सवाब शरीफ की एक आयत पढ़ी जितने हर्फ हैं उस आयत में उतने शहीदों का सवाब अल्लाह रब्बुल रब आका फरमाता है तो ये सुनते ही एक आराबी सहाबी रोने लगे आपने उस से रोने का सबाया अर्जगुजार नहीं आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और पढ़े हुए हैं लेकिन पढ़ने की कोशिश नहीं करते वो नहीं जानते थे पढ़ना उन्होंने कहा या रसूल मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ और ये स्वाब भी पाएगा जो कुरने करीम पढ़ेगा आपने फरमाया من عبد قرأ قل هو الله في شهر رمضان माह फिर शहर वाहन बन अल्लाह फिल जन्नति मदीना जो भी कोई रोजादार माह रमजान में एक बार सूर अखलास की तिलावत करता है रमजान हम इसलिए रमजान पर बात कर रहे हैं पहले ये बात ध्यान में रखें रमजान का अदबो एहतराम हमें करना है जो हमारे लिए इतनी रहमतें इतनी बरकतों को लेकर के आया है जब उस सहाबी ने पूछा दरिया जब रोने लगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर एक एक के बदले, जो है एक शहीद का दिया जाएगा उसे तो सहाबी जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे वो तो रोने लग गए अल्लाह के रसूल सलम ने इर्शाद फरमाया मुबारक में इखलास। एक पढ़ता है एक मरतबा अल्लाह रब्जत उसके लिए जन्नत में छप्पन शहर बनाता है उसके छप्पन शहर होंगे इखलास, खलूसत के साथ मुबारक के एहतराम के साथ साथ रमजान में जो पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत उसके लिए जन्नत में छप्पन सितों व खमसिना मदीना छप्पन शहर रब उसके लिए बना देगा और कैसे शहर होंगे हर शहर में इतने ही मोहल्लाक भी होंगे यानी छप्पन महल और हर महल में छप्पन मकान यानी छप्पन फ्लाइटें होंगी और हर मकान में इतने ही तख्त बिछे होंगे यानी छप्पन और हर तख्त पर छप्पन होंगी जिनकी नहाय खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखें अपनी आहार दिखा रही होंगी और अल्लाह ताला कुल शरीफ की तिलावत करने वाले के नामय आमाल में छप्पन हजार नेकिया दर्ज फरमाएगा और इतनी ही खतए मुआफ करेगा और छप्पन हजार दर्जा से नवाजा जाएगा ये सुनते ही उस आरामी ने अर्ज किया अल्लाह त आपको अपने लिखाए खास से बहरावर फरमाए जैसे आपने मुझ बशारत से नवाजा है मुबारक में पढ़ता है किस तरह से रमजान का सारा एहतमाम करते हुए रमजान का रोजा रखते हुए रमजान के आदाब को बजा लाते हुए जो कुरान पढ़ना नहीं जानता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, लेकिन कुछ ही याद है में तिलावत करता है इखलास की तिलावत करता है सूर्य अखलास पढ़ता है तो अल्लाह रब के हबीब सरशाद फरमाते हैं अल्लाह तेज में छप्पन महल बना देता है छप्पन शहर बनाता है और हर शहर में छप्पन हैं, हर महल में छप्पन मकान होते हैं और हर मकान में छप्पन तख्त लगे होते हैं और हर तख्त पर छप्पन होरे जलवा अफरोज होती हैं। समझ सकते हैं कि रफ्तार हमें कितना अजीम महीना आता फरमाया है इस महीने की आजमतों को हम नजरअंदाज न करें इसे हम जरूर अपना